sabha ko mariye lal dev ji friends dekh rahe hain is samay pao ho hase friends dekh krishna radhe radhe sanna ko sahi शाम के टाइम में तो फ्रेंड्स काफी अच्छा नज़ारा है इसलिए जय श्री राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स अभी चलते हैं आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं और काफी अच्छा नज़ारा इस समय फ्रेंड्स आप देखते हैं श्री राधे है। जय तो श्री कृष्णा और सामने भी देख सकते हैं फ्रेंड्स चलते हैं और आगे बने रहिए हमारे साथ भी वीडियो में लास्ट तक जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे Hmm. राधे राधी राधे राधे फ्रेंड्स और आगे चलते हैं आपको आप काफी तो। तो अच्छा नजारा है इस समय फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स काफी अच्छे और ये सामने करो चलाता रहेगा ये और सामने चल जाओ